अरे साला भक्त अगर ये कटप्पा हमारे बिहार में पैदा हुआ होता न तो मोहल्ले वाले उसका नाम कटप्पा से बिगाड़ कर कटप्पा कटप्पा रख देते देखिये भैया मोदी जी जो है चार बजे जाग जाते हैं और योगी जी जो है वो तीन बजे जागते हैं और हम जो है उस दो बजे सोते बस खाली एक घंटे का पंगा है वरना ये जो जो देश है सुरक्षित है सलमान का नया जो पिक्चर आने वाला है उसका नाम है ट्यूबलाइट देख लीजिएगा, ये पिक्चर जो है यूपी में नहीं चलेगी <laughs> देखिये सभी जोड़िया जो है उस स्वर्ग में नहीं ना बनती हैं कुछ तो मोदी जी का डर से भी बनती है जैसे की अखिलेश और राहुल दोनों को वैलेंटाइन डे की बहुत बहुत शुभकामना <laughs> हर तालियों के पीछे जरूरी नहीं है कि आपकी तारीफ हो रही है और हो सकता है कि कोई खैनी बना रहा हो ससुरा हर इंसान उस समय जरूर नर्वस आता है जब दुकानदार का फटा हुआ नोट देते हैं और ये सोचते हैं कि ससुरा कहीं देख ना जमाने में लोगों को एजुकेशन का जरूरत नहीं है ससुराल आज के टाइम में तो फेयरनेस क्रीम लगाने से ही जिंदगी बदल जाता है भैया दारू पियत हो कब बताए नहीं तो लड़की कौन पियत है तू बताये भारत वर्ष के इतिहास में रेल पटरियों का अमूल्य योगदान कभी लोग लौटा लेकर बैठ जाते हैं तो कभी कोटा लेकर देखिये हम हाँ ये कहते हैं कि जो भी बजट निकाला ये मतलब आम आदमी लिए नहीं सोचा और गुरु, भाई तुम्हारे लिए एक ही चीज कहना चाहूँगा कि जिस जगह से मैं आया हूँ उसे कलंदर कहते हैं जो नाचे गाए उसे मस्त कलंदर कहते हैं खुद को वित्त मंत्री समझने वाला आदमी तुझे लोग पेड़ पे चढ़ावा बंदर कहते हैं भाई ताली जो सी एम उनसे हमारा अनुरोध है कि थोड़ा अपना फैशन जो है पफलर का चेंज कीजिए वो बुरखा वरखा ट्राई कम से कम शाहे वगैरह से तो बच जाएंगे अग, राकेश रोशन के लला को हमारे तरफ से पूरा बिहार की तरफ से और हमारे भैंसियों के एक राबड़े के तरफ से जन्मदिन का बहुत बहुत बधाई हम तो कई चीज कहना चाहता है कि हम तो बिहार है अफ्रीका के बैट्समैन अम्ला का ध्यान रहे भारत में अम्बला पच्चीस पैसे के चार मिलता हैं हाँ? हाँ। सब के लिए अनाउंसमेंट है कोई सज्जन यदि पीके का रिमोट रखे हो तो कृपया लौटा दे वो अपना गोला वापस जाना चाहता है हमारी को। और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूले सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा अपडेट पहुंचे।